मुझे प्यार हुआ था, हुआ था था है तुम्ना तो हमें तुम्हें दुल्हन बनाए तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए तेरी ले ले बलाए तेरे सद के उतारे है तो मुन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ तेरी आखों में बसता तो है मेरा जहा कभी सुन तो जरा जो मैं कहना सका मेरी दुनिया तुम ही हो तुम्ही स रहा दुआएं सुनो हो सजाए सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था